जी तो सारे अनु, मेरी अली पीपल्स ऐसा है कि आज हम जो ले वो लेके आए हैं राइडिंग करते, करते हुए क्योंकि यू नेवर नो की आपको एक मोड क्रॉस करने के बाद दूसरे मोड पर क्या हो जाए कैसे हो जाए तो कुछ नहीं पता होता सॉरी so एक झटका सा लगा था कुछ अभी अः तो हमें पता नहीं होता कि अगले मोड पर हमारे साथ क्या होने वाला है तो हमें अटेंशन देके और सेफली चलना होता है दूसरा कभी कबार क्या होता है कि आपकी गलती खुद की नहीं होती सामने वाले की गलती होती है तो उन चीजों से बचने के लिए हमें राइडिंग गियर जो है वो पहनने पड़ते इसमें जो है हम बात करेंगे हेड टू टो क्या क्या हमारे प्रोडक्शन गियर होने चाहिए जो हमारे लिए आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले हेड टू टोज सबसे पहले हेड की तरफ चलेंगे फिर बॉडी पार्ट्स में नीचे की तरफ चलते रहेंगे और टोज पे जाकर इसको खत्म करेंगे तो इसमें आते हैं हमारे पांच प्रोडक्शन गेयर जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं तो वो आगे चल के मैं अभी आपको बताता हूँ तो इस पिक्चर के जरिए मैं आपको आ, शो करना चाहता हूं कि इसमें चीजें जो हैं हमारी क्या क्या, क्या चीजें प्रोटेक्ट हो रही हैं और क्या क्या, क्या चीजें प्रोटेक्ट नहीं हो रही केस अगर हमने राइडिंग गियर्स नहीं पहने हैं तो आप इस इमेज को आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट शॉट लेके आप आराम से पढ़िए आपको सब समझ में आ जाएगा क्यों इतने ज्यादा इम्पॉर्टेंट है गयर्स हमारे लिए तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं हेलमेट की हेलमेट जो है हमारी डेली रूटीन की राइड में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्यों करता है क्योंकि इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सर पे ही आता है अगर आप कभी भी राइड कर रहे हो और जर्क लगता है तो सबसे पहले आपका हेड जो है वो नीचे जाके लगता है हेड की जो इंजरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा ज्यादा ज्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि एक बार ही खोपड़े पे कुछ लग गया तो यू नेवर नो कि आपको क्या क्या डैमेज होने वाला है अगर मैं इसमें हेलमेट की बात करूँ तो हेलमेट जो है आज की डेट में अः मार्क और डॉट मार्क दो तरीके के मार्क अवेलेबल है मार्केट में इन दोनों मार्क्स का मतलब क्या है इन दोनों मार्क्स का मतलब जो है वो काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे तो उसके लिए मैं अलग से ही वीडियो डालूंगा इसके ऊपर तो अभी मोटा मोटा मैं आपको इसके ऊपर बता देता हूँ कि तो ये जो दो स्टैंडर्ड्स है ना ये एक बेसिकली पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि अगर बंदा किसी भी इम्पैक्ट से रिलेट करता है मतलब कि किसी भी इम्पैक्ट में जाके बढ़ता है तो उसके हेड में इंजरी ना हो तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बांधा हुआ है तो मार्केट के अंदर आईएसआई मार्क में जो है वो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं और डॉट जो है वो अपना इंडियन स्टैंडर्ड नहीं है वो यूएस स्टैंडर्ड है यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो एक सर्टिफिकेशन जो है वो हेलमेट्स के लिए लेनी इम्पोर्टेंट है डॉट का मार्क जिसके ऊपर लगा हुआ होता है इट मीन्स कि वो भी आपके हेड के लिए बिल्कुल सेफ है अगर ये मार्क ये बिना कोई हेलमेट आप परचेज करते हो मींस वो वो सर्टिफाइड नहीं है बिल्कुल भी और वो हो सकता है कि बिल्कुल भी उसमें इंजरी हो सकती है हंड्रेड एंड टेन परसेंट अगर वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है आई एस आई मार्क या फिर डॉट मार्क कभी भी हेलमेट को परचेज करोगे तो इन दोनों चीजों के लिए आप बहुत सतर्क रहना ये दो मार्क्स तो इम्पॉर्टेंट हैं कि होने ही होने चाहिए तभी आप कोई हेलमेट परचेज करना मार्केट जो सेकंड थिंग आती है वो आती है हमारी राइडिंग जैकेट राइडिंग जैकेट के अंदर भी हमारे पास आ, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप कोई सा भी ले सकते हो बट शर्त ये है कि आ, जो उसके एल्बोज और गार्ड वगैरह जो भी होते हैं शोल्डर शोल्डर गार्ड्स हो गए एल्बो गार्ड हो गए और बैक में गार्ड होता है तो वो सारे के सारे जो हैं सीई uh, सर्टिफाइड CE होने चाहिए सी भी एक स्टैंडर्ड है लैब uh, जो है उसको सीई CE सर्टिफाइड करती है और लैब uh, में जो है वो टेस्टिंग किया जाता है फुल वर्स्ट कंडीशंस में टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो टेस्टिंग करते हैं प्रॉपर्ली उसकी तब जाके किसी एक प्रोडक्ट को जो है मतलब कि एल्बो गार्ड और शोल्डर शोल्डर गार्ड्स और बैक वाला जो गार्ड आता है इन सब को सर्टिफाइड किया जाता है टेस्टिंग के बाद ये चीजें देख के लेना मैं अगर रिकमेंड करूंगा ब्रांड्स तो ब्रांड्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं वैसे तो एल है राइनॉक्स है टीवीएस तो देट इज ऑल सर्टिफाइड तो उनके थोड़े से सस्ते भी हैं टी वी एस के और रॉयल इन्फील्ड के ये दोनों आपस कंपटीशन ये दोनों आपस में कंपटीशन लड़ रहे हैं आजकल तो इनके जो कुछ कुछ फीचर्स हो और प्राइजेज हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे हैंड ग्लव्स ग्लव्स के अंदर भी जो प्रोटेक्शन्स होती हैं वो हमारे जॉइंट्स के ऊपर आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्यों क्योंकि अगर आप स्लिप करते हो या गिरते हो तो सबसे पहले इंटैक्ट जो आता है वो हैंड्स पे आता है तो हैंड्स जो हैं आपके आ, उसके ऊपर रगड़े जाते हैं तो ग्लव्स भी उतने इम्पॉर्टेंट हैं जितने की हेलमेट और हमारे जैकेट इम्पोर्टेंट है इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर एल टू है राइनॉक्स है स्काईकोक है मतलब मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल है ग्लव्स के अंदर तो आप जो मर्जी जाके देख के ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन यजट तो नेक्स्ट आते हैं हम राइडिंग पैंट पे राइडिंग पैंट्स जो है इनिशियली अगर आप राइडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियली राइडिंग पैंट्स की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती उसका जो सब्सिट्यूट है अफकोर्स अगर आप राइडिंग करने जा रहे हो तो अपनी सेफ्टी साथ में लेके चलोगे लेकिन हर किसी का इतना बजट नहीं होता कि वो ये सब में चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाए तो अगर मैं बात करूँ इसमें राइडिंग पैंट्स की राइडिंग पैंट्स का जो सब्सिट्यूट आता है वो आता है नी पैंट्स तो उसके लिए भी अभी हम बात करते हैं पहले राइडिंग पैंट्स के लिए बात कर लेते हैं राइडिंग पैंट्स जो है हमारी आती हैं सीई सर्टिफाइड अगेन जो उसमें गार्ड्स आते हैं वो आते हैं हमारे नीज में नीज में गार्ड्स जो है वो सीई सर्टिफाइड होते हैं कोई भी क्लोथ या उसमें कपड़ा जो होता है वो सीई सर्टिफाइड नहीं होता सिर्फ जो गार्ड्स होते हैं वो सीई सर्टिफाइड होते हैं जो कि आपको इम्पैक्ट से बचाते हैं ये तो हो गई हमारी राइडिंग पैंट्स की बात अब आते हैं नेक्स्ट हम नी गार्ड्स पे नी गार्ड जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं राइडिंग के टाइम पे देखो जब भी कभी हम इम्पैक्ट या फिर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह जो होता है हाथों के बाद जो है वो हमारे पैर लगते हैं तो नी पैड इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपके जो जॉइंट्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा घिसे जाते हैं रगड़े जाते हैं उन्हीं पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है उन चीज़ों को बचाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अगर ये चीज़ बचेंगी तो ही हम राइड को इन्जॉय कर पाएंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट में राइडिंग बूट्स राइडिंग बूट्स क्यों इंपॉर्टेंट है उसके पीछे के आपको मैं स्टोरी बताता हूँ छोटी सी मेरा फ्रेंड है एक रॉकी जिसको आप अच्छे से जानते भी हो वो राइडिंग के लिए गया हुआ था एक बार उसने सारे गियर्स पहने हुए थे बट उसने राइडिंग बूट्स नहीं पहने थे उसकी जगह पे उसने पहने थे स्पोर्ट्स शूज वो राइडिंग करके वापस आ रहा था घर की तरफ तो घर आते हुए उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ उस एक्सीडेंट में उसका सब कुछ बचा जहाँ जहाँ पर तो उसने राइडिंग प्रोडक्शंस जो गियर्स होते हैं वो सब पहने हुए थे लाइक हेलमेट ग्लव्स राइडिंग जैकेट और नी पैट्स ये सब कुछ पहना हुआ था उसने उसने सिर्फ एक चीज़ नहीं पहनी थी क्या राइडिंग बूट्स राइडिंग बूट्स ना पहनने की वजह से उसका जो एंकल था वो ट्विस्ट हो गया और वो ब्रेक हो गया उसमें मतलब क्रैक्स आ गए क्रैक्स जो थे वो माइनर थे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे बट एक अगर उसने राइडिंग बूट्स पहने होते तो वो शायद ट्रैक्स भी ना आते तो दैट्स वाई कि राइडिंग जो बूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं तो इसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं बट अभी जो चीपेस्ट ब्रांड चल रहा है मार्केट के अंदर और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है वो है औरज़ो का आ, मैं पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ उसको और कई लोगों से अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हैं उसके तो इसी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो वाला भी औरज़ो का भी शूज़ यूज़ कर सकते हैं लास्ट में चलते हैं बिल्कुल इनकी प्राइसिंग पर तो दोस्तों अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं आईएसआई मार्क वाला जो हेलमेट होता है वो हमारा पंद्रह सौ से तीन हजार चार हजार की रेंज तक चला जाता है आराम से और डॉट की अगर बात करूं तो डॉट जो है वो बेसिकली थोड़े से प्रीमियम ब्रांड फोर्टी से शुरू होकर बीस या तीस तक भी जा सकते हैं नेक्स्ट जो आते हैं वो राइडिंग ग्लब्स आते हैं राइडिंग है थाउजेंड से लेकर सात आठ तक आराम से चले जाते हैं नेक्स्ट आते हैं राइडिंग पैंट्स पर राइडिंग पैंट्स जो है वो अभी तक जो मैंने रिसर्च करी है उसके अंदर क्योंकि मुझे भी राइडिंग पैंट्स अभी लेनी है तो उसके अंदर मैं रिसर्च कर रहा था साढ़े सात हजार से नीचे कोई भी पैंट जो है वो नहीं आ रही है राइडिंग पैंट्स का जो सब्सिट्यूट है हमारा नी पैंट जो है वो हमारे थाउजेंड से लेकर थ्री तक आ जाएंगे अच्छे वाले नेक्स्ट जो आता है वो आता है राइडिंग बूट जो मैंने आपको ब्रांड बताया था उसके पीछे अभी औरजो का ओराजो जो है वो उसके अंदर दो तरीके के बूट आते हैं एक तो लॉन्ग बूट आता है एक शॉर्ट बूट आता है आजकल जो आ रहे हैं वो वाटरप्रूफ वाले आ रहे हैं और वेल्क्रो के साथ आ रहे हैं पहले जो आए थे वो लेसिस के अंदर भी आए थे वो बहुत अच्छा डिजाइन था बट वो पूरे तरीके से वाटरप्रूफ नहीं थे अब जो आए हैं वो वाटरप्रूफ हैं। उसके ऊपर भी मैं पूरा का पूरा वीडियो लेके आऊँगा जो शूज मैंने दिए उसके ऊपर रिव्यू वीडियो मैं डालूंगा पूरा का पूरा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएँ की आपको ये वीडियो कैसा लगा है और अगर आपको किसी भी चीज़ की इंफॉमेशन चाहिए हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डी करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन को डाल सकते हैं मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की को कोशिश करूँगा और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा राइडिंग से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आती रहेंगी तब तक तो के लिए सारे अनु मेरे अलो वडे अली सताल